बसते हैं मूरत में ईश्वर कोई सच से आना कह गया बसते हैं मूरत में ईश्वर कोई सच से आना कह गया कुछ करेंगे ये चमत्कार हर अच्छी बुरी सह गया पूछते रहे सियास्तों से कम मिलेगी तानाशाही से आज़ादी जिस जिसने हिम्मत की सच बोलने की अगले दिन अखबार में फ़ोटो और किस्से कहानियाँ बनकर रह गया अगले दिन अखबार में फ़ोटो और किससे कहानियाँ बनकर रह गया और किससे कहानियाँ बनकर रह गई